भारत की संतान संतान नहीं नहीं पप्पू तुम क्योंकि तुमको भारतीय संस्कृति से प्यार नहीं पप्पू तुम भारत की संतान नहीं नहीं क्योंकि तुमको भारतीय संस्कृति से प्यार तुमने तुम तुम ही तो राम सेतु पर सवाल उठाए थे अरे तुमने ही तो अरे तुमने ही तो राम से तुम पे सवाल उठाए थे अरे तुम वो ही तो हो जो राम मंदिर पे लड़ने आए थे अरे तुम वो ही तो हो जो राम मंदिर पे लड़ने आए थे अरे सारी जनता जान चुकी है अरे सारी जनता जान गई है तुम अपने नहीं पराये थे क्योंकि राम मंदिर ने राम मंदिर ना बनने के लिए तुम अपने वकील लाए थे क्योंकि राम मंदिर ना बने इसके लिए तुम अपने वकील लाए थे और कैसे आप सभी लोग आज थोड़ी से शब्द हैं मेरे पास जिनके माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं कृपया सुन लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही नए अपडेट पाने के लिए बेलाइकन प्रेस कर लीजिए सुनो हिंद के के जवानों जवानों सुनो हिंद के इन कांग्रेसियों की चाल को जानो इनको चाहिए सिर्फ सत्ता चाहे देश का हाल हो इनको चाहिए सिर्फ चाहे देश का हाल हो खता का एक कांग्रेसी एक कांग्रेसी मुझसे कहता है एक कांग्रेसी मुझसे कहता है कि स्कूल हमारी देन है एक कांग्रेसी मुझसे कहता है कि स्कूल हमारी देन है। अब मैंने भी जब उससे पलटवार करके बोला, जब स्कूल तुम्हारी है, तो किसकी देन है? जब स्कूल तुम्हारी देन है फिर गुरकुल किसकी देन अरे हम तो तुमको देशभक्त अरे हम तो तुमको देशभक्त तब माने जाते जब एक स्कूल एक किसी गांव में, तो में ही तो शिक्षा प्लस विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है क्योंकि गुरुकुलों में ही तो शिक्षा प्लस विद्या प्रदान की जाती है और बात करें स्कूलों की तो विद्या का कोई पता नहीं और बात करें स्कूलों की तो विद्या का कोई पता नहीं तो स्कूल में आज के समय में क्या होता है शिक्षा दी जाती है विद्या नहीं दी जाती विद्या शिक्षा में फर्क होता है विद्या आध्यात्मिक ज्ञान होता है और जो शिक्षा होती है वो जैसे कि मैं कार्य कर मैंने मैथमेटिक्स पढ़ लिया ये वो तो ये सब सा, सारा शिक्षा में आ जाता है विद्या हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो हमारी विद्या की है तो गुरुकुलों में शिक्षा प्लस विद्या दोनों ही प्रदान की जाती थी स्कूलों में तो केवल डिग्रिया बांटी जाती है स्कूलों में तो केवल डिग्रियां बांटी जाती है और बात करें बात करें शिक्षा की तो कारीगर भी बन जाते हैं और बात करें शिक्षा की तो कारीगर भी बन जाते हैं और बात करें विद्या की तो महापुरुष बन जाते हैं और बात करें विद्या की तो महापुरुष बन जाते सुनो गौर से कांग्रेसी वालों सुनो गौर से कांग्रेसी वालों आखिर तुम गुरुकुल सुनो गौर से कांग्रेसी वालों आखिर तुम गुरुकुल क्यों नहीं तुमने तो केवल भारत को लूटा है क्योंकि प्रमाण यही दर्शाते हैं तुमने तो केवल भारत को लूटा है क्योंकि प्रमाण यही बतलाते हैं और पप्पू तुम भारत की संतान नहीं पप तुम भारत की संतान नहीं क्योंकि तुमको भारतीय संस्कृति से प्यार नहीं, तुम नहीं क्योंकि तुमने क्यों तुम ही तो राम सेतु पर सवाल उठाए थे अरे तुमने ही तो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 आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले समय में कुछ अच्छा हो सके जय हिंद जय भारत बंदे मात भारत माता की जय